तो क्या हो गया अगर मेरे गले में मंगलसूत्र किसी और के नाम का है तो मांग में सिंदूर तो तुम्हारे नाम का ही है ना बेबी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास अरे सुनो आगे जूते बाई राजा जी क्या लग रहे हो बाराती लग रहा भोसड़ी के जो नाचते नाचते पैसे चुराने वाले बच्चे भगाता है अरे पापा यार आज के दिन तो कम से कम कुंडी ठीक करा देते अरे बेटा कुंडी को का काम अरे पजामा तो खोलना ही है नाड़ो निकाल कर लपेट सारी कुंडी पे कुछ भी कुछ भी ऐसे ये भी ठीक है उसकी बहन की कुंडी <laughs> <laughs> <laughs> अरे अरे चाचा यहां क्या कर रहे हो यार तुम पूरे घर में में कोई बाथरूम बाथरूम खाली नहीं था हॉल वाले में गया तो तुम्हारी नौकरानी सो रही थी उसने मुझे अंदर लेने थी मना कर दिया अबे की नौकरानी नहीं है वो बड़े भैया की लिविंग रिलेशनशिप वाली गर्लफ्रेंड है यार क्या बोला सुनी भैया मुझे माफ करना मैं तुम्हारे बाथरूम में आया पर मैंने ना बहू को फोन पे सुनो बहू सोनो, बावु, सोनो, बावु, सोनो बावु करते सोना सुना प्यारी समझ गई <laughs> भैया मैं तो चुप ही रहा क्योंकि तो आज मैं डंडा करूंगा तो कल कोई मुझे चार डंडों में ले आएगी अब तुम खड़े रहोगे तो थोड़ी कुछ कर पाएंगे <laughs> अब क्या बच्चे होने का कर इंतजार करेगा बाहर निकल जाए ऐसे अरे सर अच्छा आराम भाई आराम आजा चाहिए समझा कर नहीं। कहां थे तुम? तुम्हें पता है तब से तुम्हारा वेट करते करते ना मैं दो बार किसी और के साथ मूड बना चुकी हूँ क्या बोला तूने? क्या कुछ नहीं अरे तो फिर से बना लेते हैं मूड मूड का क्या है ओ, एहे, रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना अब तो मूड ठंडा हो चुका है अरे यारूड है की चाय ठंडी हुई जा रही है अच्छा जी तो क्या मैं चाय में दोबारा उबाल डाल पर दूध <laughs> तो फट चुका है ना जी तो पनीर बनवा देते हैं